छिंदवाड़ा में बजरंग दल ने गौमाता की तस्करी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है इस मौके पर हिंदू संगठनों ने कांग्रेस सांसद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा कि पशु मेला लगने के कारण गौ तस्करी बढ़ी है इसे तुरंत बंद करना चाहिए गौ तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर परासिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एस को ज्ञापन सौंपा है हिंदू संगठनों ने इस मौके पर कांग्रेस सांसद और विधायक का विरोध जताया बजरंग दल का कहना है कि मोर डोगरी में पशु मेला लगने के कारण गौ तस्करी मामले में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है गाय की तस्करी को देखते हुए बजरंग दल ने इस पशु मेला को बंद करवाया था लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आते ही कांग्रेस विधायक और कांग्रेस सांसद ने ये मेला दोबारा शुरू करवा दिया जिसके विरोध में बजरंग दल ने शांतिपूर्वक रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन से पशु मेला बंद कराने की गुहार लगाई है बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पशु मेला बंद नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे जिले में दमुआ, सुनारदेव और बैलबाजार की आड़ में जो गोवंश तस्करी की जा रही है पैदल छोटे वाहनों बड़े वाहनों ऐसी तस्करी की जा रही है इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन एवं इसके अधिकारीगण और कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं जिससे गौवंश तस्करी में लगाम नहीं लगा जा सक रही है अतः हमने एक बार संगठन के प्रयास से लगभग सात वर्षो पूर्व बैल बाजार मोनोग्री बंद कराई जा चुकी थी एवं पुनः स्थानीय विधायकों और सांसदों के प्रयास से यह पुनः आरंभ हो गया है और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि बैल बाजार मोनोग्री पुनः बंद किया जाए जिससे गौवंश तस्करी पर लगाम लगाई जा सके